आप सभी का स्वागत है फिर से एक हमारे ब्लॉग चैनल में तो हाय गाइस आप सब कैसे हैं तो आप सब एकदम अच्छे रहें मस्त रहें तो आज का दिन बहुत अच्छा से दिखने वाला है क्योंकि आज हमारे यहाँ कोहरा पड़ा हुआ है कुछ इधर उधर भी दिखाई भी नहीं दे रहा है आर्य बगल में कि इतना कोहरा पड़ चुका है तो आप भी देख सकते हो कि पीछे का सीन जो दिखाई देगा कि एकदम कोहरा से हरा भरा दिखेगा एकदम तो मैं आज आज का दिन जाने वाला हूं चंदा मांगने क्यूँकि नवरात्र का समय आ ही गया है तो ज्यादा नहीं छह सात दिन बचे हुए हैं तो हम आज का दिन चंदा मांगने वाले प्राइस मैं आठ सौ अभी तक चंदा पाया हूं, तो आप लोग भी देख सकते हो पाछे वाला दो नोट दो दो का है उसके बाद तेन नोट सौ का है उसके बाद एक नोट नहीं दो नोट पचास का है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच मिलेंगे भाई फिर अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद